नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एम के स्टडी ऑनलाइन अकेडमी पर दोस्तों हम बात कर रहे थे मेवाड़ राजवंश के बारे में और मेवाड़ राजवंश में हमने रावल समर तक चर्चा की थी और आज हम बात करने वाले अगले शासक रावल रत्न सिंह के बारे में तो आखिर में हमने बात की थी कि रावल समर थे रावल समर और रावल समर के दो पुत्र थे एक तो थे रावल रत्न सिंह जो मेवाड़ के अगले शासक बनते रावल सत रतन सिंह और एक थे कुंभकर्ण इन्होंने नेपाल ने में गयिल वंश की स्थापना की थी ये चला जाता है नेपाल और वहाँ पे करता है गुविल वंश की स्थापना यहाँ तक हमने बात की थी और 1302 के अंदर रावल समर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1302 में मृत्यु हो जाती है और मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं रावल रतन तो सिंह करने वाले हैं रावल रत्न सिंह में रावल रतन तो सिंह का शासन काल रहा है 1302 से 1303 तेरह सो दो से तेरह सो तीन इस तक माना जाता है अब हम बात करते हैं राहुल रतन सिंह के बारे में तो सबसे पहले तो हम देखते हैं राहुल रतन सिंह दिल्ली के समकालीन शासक थे अलाउद्दीन खिलजी जिसे हम शोट रूप से लिखेंगे एक -के, के नाम से तो दिल्ली के समकालीन शासक दिल्ली के समकालीन शासक और ये था अलाउद्दीन खिलजी और इनमें लिखूंगा एक के का नाम हो एक के 47 क्योंकि क्योंकि एक के 47 सेवन की तरह ही हो तो दिल्ली का समकालीन शासक हो गया अलाउद्दीन खिलजी अब हम आगे बात करें तो सब सिद्ध बात पर आते हैं मुद्दे की बात पर और मुद्दे की बात पर आते हैं तो राहुल रतन सिंह युवा हुआ था पद्मान पद्मी के साथ पद्मनी के साथ अब पद्मनी को बैकग्राउंड देखा तो पद्मनी सीएल की राजकुमारी जिसका नर्तमान का मायने क्या बोला श्रीलंका सीएलदीप की राजकुमारी थी जिसे वर्तमान में बोला जाता है श्रीलंका जखन यादगार हनुमान जी सीएलदीप की राजकुमारी और सीएलदीप की राजकुमारी तो माता पिता भी आ तो सीएलप का राजा था गंधर्व इसकी पुत्री थी गंधर्व की पुत्री और चंपावती थी ये इसकी माता थी चंपावती तो डॉटर ऑफ गंधर्व और थी थी। की पुत्री थी। अब बात करें तो अगर एक तो, तो न होता तो इतना बुढ़ो भखेड़ो ही न होता तो हिरामन तोते के द्वारा तोते रावल रतन सिंह को पद्मनिनी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और रावल रतन सिंह के ये तोता इतनी बात बातें बताता है कि रावल रतन सिंह ये लेने के लिए शील दीप चला जाता है पद्मनी को और यहाँ पे पद्मनी के साथ ये गंधर्व विवाह करता है गंधर्व विवाह गंधर्व विवाह करता है तो पद्मनी के साथ आते है हैं सोलह महिलाएं साथ आई एक तो सोलह सो महिलाएं साथ आई और एक इसके चाचा भतीजा थे गौरा व गौरव है बादल ये भी साथ आए ये थे चाचा भतीजा ये भी इनके साथ आते यहाँ ठीक है अब हम आगे देखें तो इनकी शादी होगी और शादी होने के बाद चाचा भतीजा साथ आ गए और आराम से दिन कट रहे थे लेकिन आराम से दिन कटन बंदे तो एक रावल रतन सिंह का दरबार का मैं एक तांत्रिक हुआ करता और भी तांत्रिक को नाम हो रागव चेतन तांत्रिक था और इस तांत्रिक का नाम था रागव चेतन अब रागव चेतन के साथ रतनशी का विवाद हो जाता है किसी बात को लेकर अब रागव चेतन का रतनशी के साथ विवाद होता है तो ये राजा था तो इसके आदेश आदेशानुसार राघव चेतन को देश निकाला दे दिया जाता है मतलब मेवाड़ रिया छोड़ने को आदेश दे दिया है कि यहां से सिद्धार्थ पहुंचता है अलाउद्दीन खिलजी के पास एक के पास पहुंचता है और एक को जाके बोलता है कि एक के मेवाड़ में एक रानी है पद्मनी है। और रानी के बारे में ये एक के बारे में इतनी सुंदरता का इतना बखान करता है कि एक के अब ये पद्मनी को लेने के लिए तत्पर हो उठता है अब एक के पद्मनी को प्राप्त करने के लिए रतन के ऊपर 1303 सौ में आक्रमण करता है यहाँ तक हमने कहानी देखी और ये कहानी का उल्लेख है पदमावत नामक ग्रंथ में मैन बात यह कि जितनी भी कहानी हमने अब तक देखी है इसका उल्लेख पदमावक नाम पद्मावत नामक ग्रंथ में उल्लेख है और इस ग्रंथ का इस ग्रंथ को लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा मलिक मोहम्मद के द्वारा यह तो बात सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रावल रतन सिंह के ऊपर 26 अगस्त तेरह को आक्रमण किया जाता है और चित्तौड़गढ़ दुरुपय अधिकार किया जाता है लेकिन कारण की बात करें तो एक तो बताया गया मल्लिक मोहम्मद में और, रतन करता है। और ये में लिखा गया था और इसमें हाथ माना जाता है एक तो राघव चेतन का और एक हीन पोते का यहां तक बात की अब हम आगे बात करें तो आक्रमण तो हुआ था यह तो कन्फर्म है अब कंफर्म है तो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखें आक्रमण के कारणों के बारे में जानने तो एक कारण तो देख लिया कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो बताया तो एक तो ये कारण हो गया अलाउद्दीन खिलजी करता है पर आक्रमण तो आक्रमण के कारण क्या देखें हम आक्रमण के कारण तो एक तो हो गया मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ था मलिक मोहम्मद जायसी और इसका ग्रंथ था पद्मावत और इसमें जो हमने अभी, अभी देखा उस वो कहानी इसमें उल्लेखित है दूसरी हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करें तो एक नोट लगा कर बात लिखते हैं और नोट लगाकर बात ये लिखते हैं कि 1299 सौ में, में एक घटना हुई थी और वो हुई थी रतन सिंह के पिता थे फादर समर अब रतन सिंह के पिता थे समर मेवाड़ के शासक थे और १२९९ में जब शासक थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उलगू उसके द्वारा गुजरात अभियान किया जाता है जब ये गुजरात अभियान करके वापस लौटता है तो मेवाड़ के जो मेवाड़ का क्षेत्र था जो मेवाड़ रियासत थी उससे गुजरात से यहाँ से लौट दिल्ली जा रहा था तो यहाँ पे जो ये मेवाड़ का क्षेत्र था यहाँ से जानने के लिए समर के द्वारा बारह में उल्गू से आर्थिक दंड वसूला जाता है आर्थिक दंड तो एक कारण यह माना जाता है कि इसी कारण के द्वारा के ऊपर आक्रमण किया गया एक ये हो गया हो आगे हम बात करें दोस्तों तो चित्तौड़ था ये चित्तौड़ चित्तौड़ इसका व्यापारी वो सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था यह व्यापारिक सामरिक रूप से और व्यापारिक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए था कि एक तो इसकी के साथ लगती थी बात, दिल्ली, और के था, तो इस अगर दिल्ली का शासक पूरे संपूर्ण भारत पर शासन करना चाहे दक्षिण भारत की ओर जाना चाहे तो यहां से कन्फर्म था कि मेवाड़ रियासत के अंदर से जानना ही जानना होगा तो यह भी एक कारण माना जाता है चित्तौड़ दुर्ग का अब हम आगे इतिहासकारों की बात करें तो इतिहासकार गौरीशंकर हीचंद गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे इनके द्वारा कहा जाता है कि इन्होंने एक तो जो ये घटना मलिक मोहम्मद जायसी ने बताई थी इसको काल्पनिक मानना है इन्होंने इस घटना को सत्यता नहीं मानी दूसरी बात इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि एक तो अलाउद्दीन खिलजी था ये साम्राज्यवादी विस्तार नीति वाला शासक था और ये हमने अगले देखते हैं तो 1308 में इसने शिवाणा पर आक्रमण किया जालौर पर इसने आक्रमण किया रणथम्बोर दुर्ग पर आक्रमण किया था जैसलमेर पर आक्रमण किया था गुजरात अभियान किया था तो इसका मतलब ये साम्राज्यवादी विस्तारवाद्य नीति वाला शासक था दूसरा चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व को भी इन्होंने महत्वपूर्ण मानना है तो गौरीशंकर हीरा चंद ने तो ये कहा है कि चित्तौड़ जो अलाउद्दीन खिलजी था एक के ये साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति वाला शासक था साम्राज्यवादी नीति वाला शासक लेकिन एक इतिहासकार थे दशरथ शर्मा तो एकमात्र इतिहासकार माने जाते हैं दशरथ शर्मा इनके द्वारा जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ग्रंथ लिखा गया इसका समर्थन किया गया तो एकमात्र इतिहासकार दशरथ शर्मा और इन्होंने मल्लिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ था इसका समर्थन किया है इन्होंने कहा है कि जो ये बात मल्लिक मोहम्मद जायसी ने कही है पद्मनी की तो ये सत्य घटना है और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रतन के ऊपर आक्रमण किया जाता है अब बात तो करते हैं हमें आगे ये तो हमने जानना है कि आक्रमण के कारण देखें सबसे पहले तो मल्लिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ था उसके बारे में हम देखा और वो घटना भी हमने पहले देखी थी उसके बाद चित्तौड़ का व्यापारिक सामरिक महत्व था एक एक एक की साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति और एक गौरीशंकर हिराचंद चंदा ने भी इस नीति का समर्थन किया था जबकि दशरथ शर्मा के द्वारा मलिक मोहम्मद का समर्थन किया गया अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तो अब हम कराते हैं युद्ध और युद्ध हुआ था छब्बीस अगस्त तेरह को तेरह सो अगस्त तेरह को जब चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का तो एक तरफ तो थे रावल रतन सिंह तो यहाँ तो हमने खड़ा कर दिया रावल रतन सिंह को और इस तरफ खड़े हो गए एक के एक के फोर्टी सेवन अब अलाउद्दीन के बारे में बात करें हम तो ये अट्ठाईस जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना हुआ अट्ठाईस जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना होता है अट्ठाईस जनवरी 1303 को यहाँ आता है और ये जो चित्तौड़ दुर्ग था चित्तौड़ दुर्ग इसके बाहर सात से आठ माह तक घेरा डाले रहता है सात से आठ माह तक घेरा डाले रखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का और इसी के साथ इसका पुत्र था यहाँ पे अब घेरा डालने के बाद यह करता है आक्रमण राहुल रत्न सिंह के ऊपर तो राउल रत्न सिंह के जो सेनापति थे गौरा व बादल पद्मनी के चाचा भतीज चाचा भतीजा थे गौरा व ये दोनों सेनापति थे रावल रतन सिंह के इनके द्वारा यहाँ पे शानदार तरीके से युद्ध लड़ा, युद लड़ा जाता है रतन सिंह के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है रतन सिंह ने कैसरिया धारण किया यहाँ पे कैसरिया धारण करता है रतन सिंह और जोर करती है रानी पद्मनी सोलह सौ महिलाओं के साथ रानी पद्मनी यहाँ पे जोर करती है अभिधर रतन सिंह हार गया और वीरगति को प्राप्त हो जाता है जो गौराबल थे ये भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और एक के का छब्बीस अगस्त 26 अगस्त 1303 को अधिकार हो जाता है 1303 को अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे अधिकार हो गया लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो रतन सिंह के एक सेनापति थे शिशोदा ग्राम थे। के सामंत थे शिषोद्धा के सामंत लक्ष्मण सिंह यहाँ पे अपने सात पुत्रों सहित सात पुत्रों सहित यहाँ पे शहीद होते हैं इस युद्ध के अंदर तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि अपने जो सात पुत्र थे उनके साथ लक्ष्मण सिंह राहुल रत्न सिंह का साथ देते हुए यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं छब्बीस अगस्त तेरह सौ तीन को यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है यहाँ पे कैसे किया जाता है कैसे किया जाता है राहुल रत्न सिंह के द्वारा और जोर किया जाता है रानी पद्मनी के द्वारा सोलह सौ के साथ और ये या मेवाड़ का प्रथम शाखा माना जाता है मेवाड़ का प्रथम शाखा प्रथम शाखा हो गया और ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था और सोलह सौ एक रानी पद्मनी इतना बड़ा शाखा था तो विश्व का सबसे बड़ा साका माना जाता है जो मेवाड़ का प्रथम शाखा था यहां तक हमने बात की अब अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी यहां पर कार्य करता है उसके बारे में देखते हैं डंको कार्य तो करनो कर रहे हो रहा ही रामन तो रघु चेतन का काफत मोल पड़ी अब अलाउद्दीन खिलजिए यहाँ पे कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसने गंभीरी नदी थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नजदीक गंभीरी नदी पर एक बांध बनाता है बांध बना दियो बिक बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग था इसको नाम बदला और तो पहली पोत करनो क्योंकि जगह नाम बदले। तो अठे हो कार्यभार सौंप है कार्यभार और कार्यभार सौंपा अपना पुत्र खान खिजर खा ने कार्यभार सौंप दे तेरह सो तीन कार्यभार सौंप दिया एक यहां पे एक दरगाह होती है धाबाई पीर की दरगाह धाबाई पीर की दरगाह है और धाबाई पीर की दरगाह पर खुद को शिला लेख लिखावा शिला लेख लिखवाता है धाबाई पीर की दरगाह पर इतना कार्य तो कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पे अब हम आगे आग बात करें तो यहां पे कार्य सौंप देता है खिज्र खा को अब खान को 1303 में कार्यभार सौंप दिया तो खिजर ने यहाँ पे 1303 से 1313 सो तेरह ईस्वी तक शासन किया इसके बाद यही भी यहाँ पे ऊप जाता है मतलब और खिज्र 1313 के महीने तेरा से चला जाता है और यहां पे कार्यभार सौंप देता है मालदेव सोनग्रा चौहान सोनग्रा चौहान था मालदेव जालोर का मालदेव चौहान को कार्यभार सौंप देता है मालदेव चौहान की बात करें हम तो यह का भाई था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाए तो मालदेव भाई था कन्नदेव का और मालदेव को एक उपाधि प्राप्त थी मूछाला राजा की मूछला राजा की उपाधि प्राप्त थी अब मालदेव यहाँ पे 1313 से 1320 तक कार्य मतलब शासन करता है तेरह से तेरह तक 1320 में यहा पे शासन कार्य करता है तेरह सो बीस से तेरह सौ छब्बीस तक और यह करता, करता है लेकिन तेरह सौ छब्बीस में चितौड़ के दिन वापस फिरते और पे शोदा सा के अरिशिया का पुत्र था हमीर देव के द्वारा जैसा को राह दिया जाता है और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है तो तेरह के अंदर शिशोदा ग्राम का अरीसिंह का पुत्र अरिशिया का पुत्तर था राणा हमीर हमीर और हम्हीर के द्वारा चितौड़ पर अधिकार कर लिया जाता है अधिकार तो यह घटना है रावल रतन सिंह की ज्यादा बकवास बाजी करने का मैंने कोई फायदा वाली बात को नहीं सीधो मैन मैन मुद्दे की बात करा तो तेरह सौ का मैंने 1302 में शासक बनता है और उसी समय इसकी शादी होती है पद्मनी के साथ है ही रामन तोते के द्वारा इसको बताया जाता है ये श्रीलंका जाता है वहाँ पे शादी करके वापस आता है और साथ में चाचा भतीजाम गौरा हुआ है बादल जकानो आपका सेनापति बना हुआ है एक बाद में 1300 राघव चेतन साग विवाद उज्ञा और ये चला जाता है दिल्ली राघव अलाउद्दीन खिलजी के साथ पास और वहाँ पे रानी पद्मनी की सुंदरता का बघान करता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया जाता है मल्लिक मोहम्मद जाइस ये ग्रंथ है पद्मावत में आक्रमण का कारण यही बताया गया पद्मनी जबकि गौरीशंकर हीरा चंद औजा इस घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं वो बताते हैं कि चित्तौड़ का सामरिक महत्व था इसी कारण और अलाउद्दीन खिलजी था ये साम्राज्यवादी वाली नीति वाला शासक था इसी कारण चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया और जो दशरथ शर्मा है वो एकमात्र इतिहासकार हैं जो इस घटना को सत्य मानते इसके बाद तेरह में आक्रमण किया जाता है और छब्बीस अगस्त तेरह को यहाँ पे अधिकार हो जाता है और रानी पद्मनि के द्वारा कैसरिया किया जाता है सोलह महिलाओं के साथ मेवाड़ का प्रथम शाखा संपन्न होता है और राहुल रतन सिंह ये कैसरिया धारण करता है और जो सिसौद्दा के लक्ष्मण सिंह थे ये अपने सात पुत्रों सहित यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी था इसने आक्रमण कर अधिकार कर लिया और यहाँ पर खि नाम बदलकर खिजराबाद रख देता है धाबाई पीर की दुर्गा अपना शिलालेख लिखवाता है और 1303 से 1313 तक खिज्र का यहाँ पे शासक बनता है उसके बाद मालदेव को यहाँ पे शासन बना दिया जाता है 1313 से 1320 तक 1313 से 1320 तक और 1320 में यहाँ पे बनता है जस और उसके बाद तो सिसौद्दा के अरिशिंह के पुत्र हमीर के द्वारा चितौड़ पर अधिकार कर लिया जाता है अब हम अगले शासक की बात करें राणा हमीर के बारे में तो अगले शासक के बारे में बात करें तो राणा हमीर और इनका शासनकाल रहा है से तेरह तक और इनके द्वारा ये अरिशिया के पुत्र थे और चित्तौड़ पर अधिकार करते तेरह सौ में तो अब हम बात करते हैं विषम घाटी पंचानन वाली उपाधि वाले शासक राणा हमीर सिसोदिया के बारे में तो अगले शासक राणा हमीर सिसोदिया और इनका शासन काल रहा है 1326 से तेरह तक 1326 से तेरह सौ चौसठ तक इनका शासनकाल रहा है अब हम बात करें राणा हमीर के बारे में तो सबसे पहले इनकी उपाधि के बारे में बात करते हैं उपाधि तो इनको दो उपाधियां मिली हुई हैं। एक तो विषम घाटी पंचानंद विषम और यह उपाधि दी गई है कुंभा की कृत्ति स्तंभ प्रशस्ति में कृत्ति स्तंभ प्रशस्ति इसमें यह उपाधि दी गई है दूसरी बात करें तो एक उपाधि मिली थी इनको वीर राजा की और ये उपाधि दी गई है रसिक प्रिया में रसिक प्रिया और एक इनको कहा जाता है मेवाड़ का उदारक मेवाड़ का उदारक तो ये इनकी उपाधि है दोबारा देख लो विषम घाटी पंचानन की उपाधि कृत्य प्रशस्तिम दी गई मेव राणा कुंभा के काल में लिखी गई थी वीर राजा की उपाधि रसिक पीरिया में दी गई यह भी राणा कुंभा के काल में दी गई और एक इनको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक और शासन काल रेड तेरह सौ से चौसठ तक अब आगे आग बात करा तो राणा हमीर को एक तो कहा जाता है छापा मार या गुरु का जनक छापा मार या गुरति का जनक कहा जाता है पद्धति का जनक एक बात तो ये हो गई दूसरी बात हम आगे करें तो राणा हमीर के बारे में देखें तो ये या साका की सत्ता के संस्थापक माने जाते हैं तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो सिसोदिया र... या राणा साका की साका के संस्थापक वो तो राहब थे लेकिन साका की सत्ता के संस्थापक वो राणा हमीर थे तो यहाँ पे हम बात दोबारा देखें तो सिसोदिया राणा सखा की सत्ता के संस्थापक ये थे राणा हमीर लेकिन शिशोदिया या राणा सखा की संस्थापक ये तो सत्ता हो गई लेकिन साक्का की स्थापना साक्का की स्थापना गांव में राहब के द्वारा की जाती है तो यहाँ पे ये कुछ कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि सत्ता के संस्थापक राणा हमीर और साक्का के संस्थापक राहब थे तो यहाँ पे ये बात होगी अब हम आगे देखें तो राणा हमीर के द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है सिंगोली का युद्ध और यह लड़ा जाता है तेरह में बांसवाड़ा के अंदर और ये युद्ध लड़ा जाता है मोहम्मद बिन पुगलक के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ लड़ा जाता है। एक बार फिर से देख लो सिसोदिया राणा साका जाता है और युद्ध लड़ा गया 1326 में शिंगोली का युद्ध का युद्ध और ये 1326 में बांसवाड़ा में लड़ा गया युद्ध लड़सी तो कौन लड़स सिंगोली का युद्ध और ये राणा हमीर हुआ मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन है और भाई साहब ने ईशो मारियो मार्यो मारियो के तीन माह तक बंदी बनाए उड़ो राख्य तीन माह तक के बंदी और जब छोटे जब एक दो तो लाख रुपया लिया का कन्नू पचास लाख रुपया एक अजमेर एक रणथंबोर और एक भीड़ा को विलय करियो मेवाड़ रियासत के अंदर पचास लाख रुपया लिया अजमेर रणथंबोर और भीलवाड़ा इनका विलय किया था मेवाड़ रियासत में अब हम आगे बात करें अब हम आगे बात करें तो राणा हमीर के द्वारा एक तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया जाता है अन्नापूर्ण अन्ना, अन्ना माता के मंदिर का निर्माण मंदिर का निर्माण फिर आगे बात करा तो रास्ता कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोर्ड के द्वारा कहा जाता है राणा हमीर के बारे में एक कोटेज लिखा गया था कि भारत के अंदर राणा हमीर ही केवल एक प्रबल राजा बनता है बाकी सभी राजवों नष्ट हो गए ये बात कही गई थी राणा हमीर के द्वारा नहीं सॉरी कन्नल टोड के द्वारा और तेरह के अंदर राणा हमीर की मृत्यु हो जाती है इतना इतिहास में राणा हमीर के बारे में वर्णन मिलता है ज्यादा उसमें ये घटना का वर्णन नहीं मिल पाता लेकिन फिर भी राणा हमीर का जो काल था वो बहुत ही मेवाड़ के अंदर बहुत ही शानदारपूर्ण तरीके से शासन किया गया था इसके बाद अगले शासक बनते तेरह सौ में तेरह तक राणा खेता या क्षेत्र सिंह उससे पहले हम बात करें तो कर्नल टोड ने कहा था कि भारत के अंदर कर्नल टोड फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री राजस्थान इतिहास के पितामा कि भारत के भारत में अमीर ही केवल प्रबल राजा बनता है बाकी सभी राजवंश नष्ट हो गए यह बात कही गई थी कर्नल टोड के द्वारा और तेरह में राणा हमीर की मृत्यु हो जाती है तेरह में मृत्यु होगी राणा हमीर की इसके बाद हम अगले शासक की बात करें और अगला शासक बना था राणा खेता या क्षेत्र सिंह अगला शासक था राणा खेत्ता या क्षेत्र सिंह और ये शासक बनते हैं तेरह सो तो से तेरह तक राणा खेता या क्षेत्र सिंह की तो राणा खेता या के द्वारा सबसे पहले कार्य किया गया मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया गया था तो एक तो द्वारा मेवाड़ मालवा संघर्ष इनके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं है केवल दो दो तीन दिन बात है सूत्रपात एक तो यह किया गया और मालवा का शासक था दिल्लावर खां दिल्लावर खांको यहां पराजित किया था हम बात करें तो इन्होंने दिल्ली का शासक था फिरोज शाह और इसके इसने लिया एक तो मंडल एक छप्पन एक बदनौर और एक जहाजपुर इनका विलय किया मेवाड़ के अंदर मेवाड़ रियासत में इनका विलय किया और फिरोजा तुगलक को यहाँ पे पराजित किया था इसके बाद हम बात, बात करें तो मैन बात तो अबासी राणा खेता की अवैध पत्नी और अवैध पत्नी थी खातिन और इचा व मेरा इनके पुत्र थे चाचा व मेरा इनसे पैदा हुए पुत्र माने जाते हैं और तेरह में इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये बात हो गई राणा छत्रसिंह के बारे में अब हम बात करें अगले शासक राणा लाखा के बारे में बात करते हैं तो राणा लाखा के बारे में बात करें दोस्तों तो इनका शासनकाल रहा है चौदह सौ से १४२१ तक तो अब हम अगले शासक की बात करें राणा लाखा यहाँ पे ये शासक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है केवल दो दो तीन तीन या चार बार की बात याद रखनी होगी इनमें अब अगले शासक है राणा लाखा और इनका शासनकाल रहा है तेरह से 1421 तक 1421 तक इनका शासनकाल रहा है अब हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इनके द्वारा एक पद्धति शुरू की गई थी गौरव दान गौरव या गरिमा दान पद्धति की शुरुआत ग्रिम्मा दान पद्धति के जनक गौरव दान या ग्रिम्मा दान पद्धति की बात करें तो एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति होती थी और इसमें एक विशिष्ट प्रकार का दान किया जाता था आगे बात करें तो इनके काल में पिच्छु बंजारा नामक व्यक्ति था पिच्छु बंजारा पिच्छु बंजारा और इसके द्वारा मेवाड़ में पिछोला जेल का निर्माण करवाया गया पिछोला झील का अब यहाँ पे हम कोई पिछोला झील के बारे में बात करने वाले नहीं हैं क्योंकि पिछला झील के बारे में बात करें तो एक दिन तो के अंदर वो दो मंदिर हैं जग मंदिर जग मंदिर वह जग निवास महल लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो पिछोला झील का निर्माण पिचू बंजारी के द्वारा करवाया गया पिछौला झील के बारे में बात करेंगे तो जब झीलों की बात करेंगे उस बात करेंगे यहां पे देखो तो जग मंदिर है एक जग निवास महल है अब यहाँ पे ये बात नहीं करने वाले कि इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया इसका कि बात करें, तो इनके काल में एक जावर में चंदी की खान निकली थी चांदी की खान जावर में चांदी की खान निकली यहां तक बात की एक इनके दरबारी विद्वान थे दरबारी विद्वान और दरबारी विद्वान की बात करें तो एक तो था थाने भट्ट और एक था भट्ट भट्ट भट्ट और भट। एक बार और देख लियो गौरवदान या ग्रिमा दान पद्धति का जनक मानी जाए शासनकाल तेरह सौ बयासी चौदह सौ इक्कीस तक रहे पिछु बंजारी द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया और जावरक मैन इनके शासन काल में चांदी कान खान निकली और दरबारी विद्वान थे दिनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट अब हम बात करें तो राणा लाखा के द्वारा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में हमला किया गया था लेकिन राणा लाखा के द्वारा अपने जीवन काल में कभी भी तारागढ़ दुर्ग को जीता नहीं जाता है जब तारा दुर, तारागढ़ दुर्ग को जीता नहीं गया राणा लाखा के द्वारा तो इनके द्वारा एक प्रतिज्ञा ली जाती है कि मैं जब तक तारागढ़ दुर्ग नहीं जीत लेता उस समय तक मैं पानी नहीं पीऊँगा अब सरदार सर जो गया तो लुड्डकशी तो ये चक्रांगामा इन फिर प्रतिज्ञा तोड़वाने के लिए एक नकली तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया और महाराणा से कहा गया कि महाराणा विजय कर लीजिए और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़िए तो बुंदी के तारागढ़ नकली तारागढ़ दुर्ग को विजय किया गया और उसी में भी एक व्यक्ति ने दुर्ग की रक्षा करते हुए जान दी थी अपना शहीद हुआ था कुंभकर्ण हाडा नाम से व्यक्ति था तो नकली तारागढ़ दुरुक को विजय किया नकली तारागढ दुर्क को विजय किया और इस दुर्ग की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाडा कुंभकर्ण हाडा के द्वारा अपने प्राण न किए जाते हैं, बड़ी जालिमी दुनिया एक भी लोगों की की जान ले ली। के द्वारा तारागढ़ तारागढ़ दुर्ग रक्षा करते हुए नकली उसकी बात कर रहे हैं यहां तक बात होगी इसके बाद हम आगे बात करें तो राणालाखा के शासन काल में तैमुर भारत पर आक्रमण किया गया था तैमुर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था इनके शासनकाल के समय भारत पर आक्रमण और आज बात करें तो इन्हीं के शासनकाल के समय चौदह सौ चौबीस में तेमुरलंग खिदर खा खिद्र के द्वारा तेमुरलंग का वंशज खिद्र खा खिद्र खान के द्वारा 1414 में भारत में शेयदंश की स्थापना की जाती है शेयदंश की स्थापना की जाती राणा लाखा के शासनकाल के समय अब बात हो गई इसके बाद हम की बात करें तो राणा लाखा का विवाह के साथ हुआ था तो राणा लाखा सबाई की कहानी उसको देखते राणा सबाई का घटनाक्रम तो राणा लाखा का विवाह किया गया था सबाई के साथ अब सबाई के बारे में बात करें तो सबाई थी ये थी मारवाड़ का शासक था राव चूड़ा राव चूड़ा की पुत्री थी अब यहां पे हम राव चूड़ा के बारे में बात करें तो राव चूड़ा के दो पुत्र थे एक तो था रणमल और एक था राव कन्ना राव कन्ना अब ये वरिष्ठ पुत्र था और ये छोटा पुत्र था ज्येष्ठ पुत्र रणमल था लेकिन राव चूड़ा के द्वारा राव कन्ना को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है और रणमल को दी जाती है जो की जागीर की जागीर प्रदान की जाती है लेकिन रणमल एक महत्वकांक्षी राणा लाखा के दरबार में अब राणा लाखा के दरबार में रणमल जाता है तो ये अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाता है और राणा लाखा का पुत्र था कुंवर चूडा कुंवर चुंडा कुंवर चुंडा इसका कुवर चुंडा के लिए अपनी बहन है सबाई का रिश्ता लेकर राणा लाखा के दरबार में जाता है रणमल जोदावर की जागृति से संतुष्ट नहीं था और इसी कारण ये रणमल राणा लाखा के दरबार में चला जाता है और ये भी अपनी बहन का रिश्ता तय करता है कुंवर चुंडा के साथ लेकिन किसी बात पर अनबन किसी बात पर सहत विवाह मतलब किसी बात पर अनबन हो गई राणा रणमल की और इसी बात को लेकर इसने राणा लाखा के साथ सबाई का रिश्ता तय कर दिया और इसी को लेकर एक शर्त रखी गई थी शर्त यह रखी गई कि सबाई के उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा मतलब सबाई के जो पुत्र उत्पन्न होगा ना वो ही मेवाड़ का उतला अगला उत्तराधिकारी घोषित होगा जबकि बड़ा पुत्र कुंवर चुंडा था तो इसी बात को लेकर कुंवरचुंडा ने भी अपनी प्रतिज्ञा ली और कुंवरचुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं या मेरा कोई भी वत्सज कभी भी मेवाड़ का अधिकारी मतलब उत्तराधिकारी नहीं होंगे मैं और मेरा वंश कभी भी मेवाड़ के उत्तराधिकारी नहीं होंगे और हंसा भाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा ये प्रतिज्ञा ली गई कुंवर चुंडा के द्वारा इसलिए कुंवर चुंडा को राजस्थान या मेवाड़ का विषम पिता कहा जाता है मेवाड़ का विषम पिता अब विवाह कर दिया सहस्त्र विवाह कर दिया राणा लाखा के साथ रणमल की बहन थी हंसाबाई अब हंसाबाई मोकल। मोकल अब राणा लाखा ने क्या किया कि कुछा को नियुक्त कर दिया और राणा लाखा ने प्रसन्न होते हुए कुंवर चुंडा के बारे में राणा लाखा ने आदेश जारी किया कि आज के बाद महाराणाओं के द्वारा जो भी सन्नद परवान या पट्टे जारी किए जाएंगे उनमें कुंवर चुनाडा या इनके जो वंशज होंगे उनके बाल्य का निशान अंकित होगा तो ये बात कही गई राणा लाखा के द्वारा अब राणा लाखा का मृत्यु हो है चौदह में चौदह में मृत्यु होती है तो अगला शासक बनता है मोकल क्योंकि शर्त रखी गई थी कि सबाई का जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा तो इस बात पर अगला शासक बनता है मोक्कल और अब हम बात करते हैं मोक्कल के बारे में अब मोकल का शासनकाल देखें तो मोकल का शासनकाल रहा है 1421 से 1433 तक। मोकल चौदह सौ इक्कीस से चौदह सौ तेतीस तक शासनकाल रहा है। अब मोकल के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो मोकल का संरक्षक यहां पे संरक्षक बन जाता है इसका मामा था रणमल राठौड़ पहले तो इसका संरक्षक कुंवर चुंडाई था लेकिन किसी बात को लेकर आंसा भाई और पर शक करने लगती है और ये सोचती है कि मोकल को अटाक करें कुंवरचुंडा स्वयं यहाँ पर शासक बनना चाहता है और इसी बात को लेकर कुंवरचुंडा था ये मेवाड़ छोड़कर चला जाता है और अब संरक्षक बनता है रणमल राठौड़ अब रणमल राठौड़ संरक्षक बन गया तो रणमल राठौड़ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है और इसी कारण आगे चलकर मोकल की हत्या हुई थी रणमल राठौड़ के कारण ही क्योंकि इसने जो मेवाड़ के सरदार थे इनको अटाक जो मेवाड़ के सरदार थे इनको ठाक जो राठौड़ सरदार थे उनको यहाँ पे नियुक्त करना शुरू कर दिया था आगे चलकर और इसी को चलकर मोकल की हत्या होती है वो हम बाद में देखें पहले देखें तो संक्षक तो बन गया रणमल राठौड़ आगे हम बात करें तो मोकल को तुल्ला दान पद्धति का जनक माना जाता है तुल्ला पद्धति का जनक और मोकल के द्वारा अपने जीवन काल में कुल पच्चीस बार तुल्ला किया गया था 25 बार किया जाता है मोकल के द्वारा और पद्धति का जनक माना जाता है इसके बाद हम आगे बात हैद्वान तो थे।, तो थे मोकल के अब दरबारी विद्वान थे तो शिल्पी भी थे मोकल के और दरबारी शिल्पी की बात करें हम दरबारी शिल्पी और दरबारी शिल्पी थे दन्ना मन्ना, पन्ना और मिस्सल और ये दरबारी शिल्पी ने निर्माण निर्माण कार्य किया था बीएसटीसी के पेपर में दन्ना मन्ना पन्ना और मिसल ये दरबारी शिल्पी थे एक बार और देख लियो सरक्षक था रणमल राठौड़ तुल्ला दान पत्ती का जनक माना जाता है अपने जीवन काल में कुल 25 बार तुल्ला दान किया है दरबारी विद्वान की बात करें तो विष्णु भट्ट व योगेश्वर भट्ट और दरबारी शिल्पित थे दन्ना मन्ना पन्ना और मिस्सल इसके बाद हम मोकल के निर्माण कार्य के बारे में बात करें तो निर्माण कार्य बारे में बात करें तो एक तो झालावाड़ के अंदर विष्णु वराय मंदिर का निर्माण करवाया गया एक जो एक जी मंदिर है इसके चारों तरफ प्रकोटे का निर्माण करवाया गया और एक जो त्रिभुवन नारायण मंदिर था इसका जीर्णोद्वार करवाया गया इसी के लिए इसी के चलते आगे वर्तमान में इसको मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है तो निर्माण कार्य मोकल के निर्माण कार्य निर्माण कार्य की बात करें तो सबसे पहले तो झालावाड में और झालावाड में विष्णु या वराह मंदिर का निर्माण विष्णु या वराह मंदिर का निर्माण एक एक लिंगनाथ जी मंदिर का जीर्णोद्वार लिंग नाथ जी मंदिर का नहीं सॉरी एक नाथ जी मंदिर के चारों तरफ प्रकोटे का निर्माण करवाया गया प्रकोटे का निर्माण और आगे बात करें तो त्रिभुवन नारायण मंदिर त्रिभुवन नारायण मंदिर का द्वार करवाया गया और इसी के चलते त्रिभुवन नारायण मंदिर को वर्तमान में मोक्कल मंदिर के नाम से जाना जाता है मोक्कल मंदिर के नाम से ये इसके द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए थे पहले हमने बात की थी एक बार रणमल राठौड़ की तो वो बात अब आती है कि रणमल राठौड़ था ये मोकल के काल में बहुत बड़े पद पर पहुंच गया था रणमल राठौड़ अब यहाँ पे हम रणमल राठौड़ की बात करें तो रणमल राठौड़ का मेवाड़ के अंदर भी प्रभाव था और इसने जो जो मारवाड़ रियासत थी वहां पर भी इसने शासन स्थापित कर लिया था तो इसी के चलते रणमल राठौर ने यहाँ पे जो राठौर सरदार थे उनके उच्च पदों पर नियुक्ति शुरू कर दी और इसी के इसी कारण के के जो मेवाड़ सरदार थे मेरा मेरा और एक था मैपा पंवार ये इस बात से नाराज हो जाते है जो खेता के अवैध पत्नी के पुत्र थे चाचा व मेरा और एक मेवाड़ का सरदार था महपा पंवार ये यहाँ पे नाराज हो जाते हैं और इनके द्वारा मोक्ल की हत्या कर दी जाती है 1433 में तो 1433 में तैतीस की हत्या और 1433 में जो मोकल की हत्या कर दी जाती है तो इसके बाद अगले शासक बनते हैं राणा कुंभा मोक्ल के उत्तराधिकारी उनके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यहां तक मैंने जो बताया आपके समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद